तो एक्सेल में कई तरह के एरर आते हैं अब उस एरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरर टाइप का एरर टाइप में आपको जो है अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको तो बताएगा कि कौन सा एरर है तो कितने तरह के एरर होते हैं चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो एरर टाइप में जब आप लगाएं तो लिस्ट लगाएंगे तो तो सबसे पहले आता है N -E -L -L नल नल हैश का एरर तो अगर आपने जो रेंज दिया है उसमें अगर नल है तो आपको वन रिटर्न करेगा डी आईवी टू रिटर्न करेगा वैल्यू थ्री करेगा आर एफ फोर करेगा नेम है तो five करेगा तो ये सिक्वेंसिंग करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि हम समझ सकते हैं और एरर किसमें कौन से कौन सा एरर आता है उसको भी समझ लेते हैं नल का एरर जो आता है ये आता है जब किसी डेटा बेस से एक्सल को कनेक्ट करते हैं और डेटा बेस के अंदर कोई वैल्यू कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो नल आएगा डीआईवी है कब आता है? जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू कब आता है वैल्यू का एरर आता है कि जब आपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला हुआ है फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला है जिस कारण वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो हैश वैल्यू कल हैश आर कब आता है जब आप किसी रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं या फिर आपने रेफरेंस ज़्यादा डाल दिया कम डाल दिया है जैसे कि आप बी लुकअप लगाते हो और आपने टेबल रेंज में एक से ए, एक से सी का कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है और कॉलम नंबर आपने फोर दे दिया इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर कॉलम है वो आपके टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो जो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हैश आर आएगा नेम का वो बाता है जब कोई फार्मूला आप लगाते हैं अगर वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी कुछ ऐसे फॉर्मूले की अपर वर्जन के फॉर्मूले आपने लोअर वर्जन में लगा दिए तो वह सारे फॉर्मूले हैश नेम के एड देंगे तो दो चीजें फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर उसका स्पेलिंग बताया था नॉट एवेलेबल तो किसी भी तरह के लुकअप फॉर्मूला जब लगाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है का जो है मान लीजिए आपने किसी अनुदत डेटाबेस या किसी वेबसाइट या किसी uh, डेटा को लिंक किया हुआ है अगर वो उस फाइल में प्रॉब्लम है, में है या कुछ प्रॉब्लम है तो आपका गेटिंग डेटा का एरर आएगा उसमें से कनेक्टिंग प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आया तो अनबोल का आएगा तो इस तरह के एरर टाइप यूज कर सकते हैं